नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की दिव्य लिवोग्रिट और एडवांस इन दोनों दोनों में में क्या क्या अंतर है है है और ये दोनों दवाई काम काम आती है, किस काम में आती किस आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि इसको कौन व्यक्ति ले सकता है कौन नहीं ले सकता है इसको कैसे लेना है सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा और ये इस वीडियो में मैं स्पेशल कंपेयर करूंगा की इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सी दवाई अच्छी है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में ये जो लिवामृत एडवांस और लिबोग्रेट इन दोनों का मैं फ्री गिव अपे लेके आया हूँ मतलब आप लोगों को मैं ये एक एक गोली के पैकेट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ दोस्तों इस गिव अपे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पतंजलि का का का कॉल इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है, जो वीडियो के नीचे लाल कलर बटन इसको प्रेस करके बेल आइकन दबाना है ओल नोटिफिकेशन को सेव करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे WhatsApp पे आपको भेजना है और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने WhatsApp के स्टेटस पे केवल 24 घंटे के लिए मतलब एक दिन के लिए आपको लगाना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना है मैं चेक करूंगा कि अगर 24 घंटे तक अगर ये स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सअप के स्टेटस पे रहता है मतलब ये वीडियो आपके व्हाट्सअप के स्टेटस पे रहता है तो आप इस गिव अवे में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में इसमें डिटेल में आपको कंपेयर करके बताऊंगा एक एक चीज में पढ़ते जाऊंगा और कंपेयर करते जाऊंगा ओवरऑल में आपको बता दूं कि ये जो लिवामृत एडवांस या लिवोग्रिटे ये आपके लीवर की जो भी प्रॉब्लम होती है मतलब लीवर से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो ऐसे में ये लिवामृत एडवांस आपको काम आएगी सबसे पहले दोस्तों हम लिवामृत एडवांस के ऊपर पढ़ते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है लिवोग्रिट के ऊपर पढ़ते हैं दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य लिवामृत एडवांस और इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य लिवोग्रिट बस इतना इसके ऊपर लिखा हुआ है अब इसके ऊपर लिवाग्रिट एडवांस लिखा हुआ है एडवांस मतलब क्या है कि इसके जो गुण है ना इसका जो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं लिवोग्रिट से ज्यादा है ठीक है दोस्तों इसके नीचे लिखा हुआ है लिवामृत एडवांस में ए प्रोडक्ट ऑफ दिव्य फार्मेसी ठीक है और इसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है बट ये भी दिव्य फार्मेसी का ही प्रोडक्ट है ठीक है मतलब दिव्य फार्मेसी का मतलब ये होता है कि पतंजलि की जो दवाइयां बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है आप पतंजलि की कोई भी दवाई अगर लाते हैं तो उसके ऊपर दिव्य लिखा हुआ आपको मिलेगा और जो खाने पीने का सामान होता है वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है इसलिए उसके ऊपर पतंजलि लिखा हुआ आता है दोनों में दोस्तों 60 दोस्तोंट्स आती है अच्छा एडवांस जो लिवोग्रिट है इसके ऊपर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लिवोग्रेड को रिसर्च करके बनाया है लेकिन लिवामृत एडवांस के ऊपर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है तो इसमें ये कंफ्यूजन है कि क्या लिवामृत को आ, जो है लिवामृत एडवांस से इसको पतंजलि ने क्या रिसर्च करके नहीं बनाया है अगर बनाया है तो इसके ऊपर वो चीज़ मेंशन क्यों नहीं है तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि लिवामृत एडवांस शायद रिसर्च करके नहीं बनाई गई है मतलब पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको टेस्ट या वेरीफाई नहीं किया है इसीलिए इसके ऊपर नहीं लिखा है अदरवाइज जितनी भी मेडिसिन पतंजलि की आ रही है उसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ होता है वो भी फ्रंट में टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है चलिए अब हम दोस्तों इसमें पीछे की साइड देख लेते हैं देखिए दोनों पे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन ठीक है मतलब ये आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन है इट इज ए मेडिसिन जो कि आपको आपके मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको किसी के मार्गदर्शन में या सलाह अनुसार अगर आपकी बॉडी को इसकी जरूरत है तो ही इसको लेना है अदरवाइज इसको नहीं लेना है अगर आप इसको लेना चाहते है या अगर आप इसको खरीदना भी चाहते हैं या इसको खाना भी चाहते हैं अगर आपको कोई बीमारी है तो ऐसे में आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको जो व्हाट्सअप नंबर देख रहा है दोस्तों इस नंबर पर आप जब मुझे व्हाट्सअप तो मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको ये जो लिवामृत या लिवोग्रिट या उदर पंचामृत या जो भी आपको चाहिए वो कुरियर के द्वारा आपके घर पे भी मैं आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों कंपोजिशन में देखते हैं अब में देखने मात्र से पता लगता है कि जो लिवोग्रिट है, है और जो लिवामृत एडवांस जड़ी बूटियां और भस्मे है फिर भी मैं आपको पहले लिवोग्रिड का पढ़ के बताता हूँ इसके बाद में लिवामृत का मैं आपको पढ़ के बताऊंगा देखिए लिवोग्रिट में क्या मिला हुआ है पुनर्नवा भूमियावला मकोए अब मैं आपको एक बात बता दूं इसमें जो पुनर्नवा और मकोई मिला हुआ है ये लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन होता है मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आगे और भी चीजें इसके अंदर है ना लेकिन मैं आ, नहीं दोस्तों और कुछ भी नहीं है बाकी तो इसमें गम एसी टेलकम और एम ठीक है और सोडियम ये मिला हुआ है जो कि प्रिजर्वेटिव है तो उसका कोई महत्व मतलब नहीं है ठीक तो है तो पुनर्नवा और मको यह तीनों चीजों का सर्वकल्प का वीडियो अगर आपने देखा होगा ठीक है ये जो सर्वकल्प क्वात है अगर इसका वीडियो आपने देखा है तो इसके अंदर भी पुनर्नवा भूमि और मको ये तीन चीज इसके अंदर होती है दोस्तों ठीक है इसके अंदर ये तीन चीज होती है मतलब ये क्वात है ठीक है अब ये क्वात का ही इन्होंने लिवोग्रिड बना दिया है ठीक है दोस्तों मैं इतने डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूं इतने डिटेल में जानकारी पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी नहीं देगा तो दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए घंटी का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन को सेव कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज रही कि ये जो कुछ था इसको बॉईल करके पीना रहता था तो अब इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है अब इसकी जगह लिबोग्रिट मिला जो लिबोग्रिट है ये गोली बना दी गई है तो डायरेक्ट गोली ले सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं इस चीज को थोड़ा समझिएगा दोनों का कॉम्बिनेशन एक है लेकिन विशेष परिस्थिति में हमको सर्वकल्प भी लेना पड़ता है विशेष परिस्थिति में हमको लिवोब्रिड भी लेनी पड़ती है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस है लीवर में सूजन आ गया है फैटी लीवर हो गया है भूख नहीं लगती है या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या एनी टाइप ऑफ बॉडी प्रॉब्लम अगर कुछ भी है तो आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा मैं आपको कॉल लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाऊंगा और आपकी बॉडी कौन सी थी, अब के अंदर क्या क्या मिला हुआ है उस चीज को हम पढ़ते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो कंफ्यूजन हो कमेंट कर दीजिएगा मैं अभी दो से तीन घंटे के अंदर आपकी कमेंट का आंसर जरूर दूंगा ठीक है इसके अंदर मिला हुआ है एक्सट्रेक्ट ऑफ भूमि ठीक है अब ये भूमि मकोला पुनर्नवा इसके अंदर भी था ठीक है पूनर नवा, पूनर नवा इसके था, मतलब इसके अंदर की जो तीन चीज थी तीनों चीज इसके अंदर ऑलरेडी है ठीक है पुनर्नवा भूमि और मकोई तीनों चीज है द्रोण पुष्पी पुनर्नवाला एरंड, सोना पत्ता, और कुटकी अब अब ये तो हो गया अब पाउडर फॉर्म में, में मिला हुआ है कुटकी ठीक है और बाकी फिर एक्सपीशियस में मिला हुआ टेलकमर मिला हुआ था प्रिजर्वेटिव था बाकी प्रिजर्वेटिव मिला है ठीक है तो ओवरऑल देखा जाए तो लीवामृत एडवांस में वाकई में जड़ी बूटिया और भस्म में ज्यादा मिलाई गई है इसीलिए इसका नाम एडवांस रखा गया है ठीक है और इसके अंदर केवल पुनर्नवाड है, के है। हालांकि देखिये इसके अंदर भी तीनों चीजें अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पुनर्नवा होती है वो लीवर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई होती है पुनर्नवा आपके लीवर को बहुत ही अच्छी से तंदरुस्त कर देती है हालांकि देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर अगर आपको लीवर से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो रही तो में आप ये जो जूस है ना ये लिक्विड है इसका सेवन जरूर कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों मेरे पास से एक महीने में दो हजार से ज्यादा बोतल इसकी सेल होती है ठीक है इतनी अच्छी ये दवाई है आप सोच लो ये एक ऐसी दवाई है जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और लगभग लगभग एक हजार से ज्यादा बीमारियों को ये खत्म करती है हालांकि अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं पूरी डिटेल बता दूंगा हालांकि अभी तो हमारा जो वीडियो है लिवामृत और लिवोग्रेड दोनों के कंपैरिजन का वीडियो चल रहा है तो ये देखिए दोस्तों इसमें जो कम्पोजिशन था वो भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या कम्पोजिशन है अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रेट की भी क्योंकि बहुत से लोग फिर मुझे बाद में मैसेज करते सर इसका रेट क्या है कमेंट करेंगे सर इसका रेट नहीं बताया आपने तो कंपैरिजन का वीडियो इसलिए रेट बताता हूं मैं आपको देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं इसमें, इसमें क्वांटिटी बता देता हूँ कि इसमें दोनों में सिक्सटी टेबलेट है, है ना और इसका जो रेट है दोस्तों आप आपको थोड़ा आश्चर्य होगा सुनके कि दोनों का ही 240, 240 दोनों ही 240 की आ रही टू फोर्टी दो सौ एडवांस भी लोगे ये भी 240 की है लिवो ग्रेट लोगे ठीक है मतलब आप खुद सोचिए दोनों ही दवाई 240 मतलब सौ चालीस की है और जबकि इसके अंदर लिवामृत एडवांस में ज्यादा कंपोजिशन है और लिवोग्रेट में कम है ठीक है अब एक सेकेंड देखिए मैं आपको इसमें बताता हूं जबकि इसमें पूर्ण नवा 60 एम मिला हुआ है और इसमें दो टू थर्टी मिला हुआ है इसके बावजूद भी दोनों का रेट सेम है ठीक है सेम रेट है दोनों का दो है ना दो रुपए में ये और दो रुपए में ये अब देखिए लिवोग्रिड के अंदर से कैसी टेबलेट निकलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो लीवो है दोस्तों इसके अंदर से इसे तीन पैकेट निकलते हैं एक दो तीन और एक में बीस गोलियां होती है ठीक है तो तीन में साठ गोलियां सिक्सटी टेबलेट तीनों में मिला होती है एक में बीस होती है ठीक है इसको मैं रख देता हूं और लीवामृत एडवांस जो है इसके अंदर भी बता देता हूं आपको देखिए इसके अंदर भी इसकी टेबलेट थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों जो लिवामृत एडवांस है इसकी साइज भी बड़ी है टेबलेट की और इसके अंदर भी सेम तीन पत्ते निकलते हैं ठीक है और तीनों में बीस बीस गोलियां होती है टोटल साठ गोलियां इसके अंदर होती है ठीक है देखिए दोस्तों में एक चीज बताता हूँ इसको आप समझिएगा थोड़ा सा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ठीक है उसके होने का जो रीजन होता है सिंगल रीजन नहीं होता है उसके अलग अलग रीजन होते हैं हर व्यक्ति की बॉडी में प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से होती है ठीक है हालांकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे लीवर की स्पेशल लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए बता रहा हूँ देखो लिवोग्रिट लिवाम सर्वकल्प ठीक है इसके बाद में ये पुनर्नवादी मंडूर ठीक है ये पुनर्नवादी मंडूर इसके बाद में आपका ये उदर पंचामृत जूस ठीक है इसके बाद में कुमार है, इसके बाद में और भी आती है पूनिष्ट भी आता है बहुत सारी दवाइया आती है लीवर के लिए लेकिन मेन चीज ये है ना कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी सुटेबल है अभी आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं इतनी सारी दवाई आपके सामने रख दी अब आप खुद कंफ्यूज है कि मुझे लीवर का प्रॉब्लम है तो मेरे लिए इसमें से क्या सुटेबल है मैं क्या लू इसमें से ठीक है तो यही चीज होती है दोस्तों आयुर्वेद में बीमारी को खत्म करने के लिए एक दवाई नहीं होती है बहुत सारी होती है और ये बहुत सारी दवाई क्यों है देखिए आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर इतनी सारी दवाइयाँ तो इतनी सारी दवाइया क्यों है इतनी सारी दवाइयाँ इसलिए है क्योंकि हर बॉडी की तासीर अलग होती है हर व्यक्ति की बीमारी अलग होती है हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर की सिचुएशन अलग अलग होती है तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है इसमें यह तो ठीक है बस में भी होती है है है काले भी होते बहुत सारी सारी चीजें होती ठीक तो वो सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट होती है ठीक है तो आज हम बात कर रहे हैं लिवाड एडवांस और लिवो के बारे में तो आशा करता हूं आपको इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको हर चीज समझ में आ गई होगी अगर आपको सारी चीज क्लियर हो गई है अगर हर चीज आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इसकी जो गुणवत्ता विशेषता और इसका जो कंपेरिजन है सभी लोगों तक पहुंच पाए और कहीं ना कहीं लोग अपने लीवर को स्वस्थ व तंदुरुस्त कर सके और मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा अगर आपने उधर पंचामृत जूस को अगर पीके नहीं दिखा है ना तो एक बार उधर पंचामृत जूस को आप जरूर पी के देखिएगा आप खुद बोलोगे सर वाकई में ये कोई दवाई है ये बहुत ही प्यारी दवाई है दोस्तों बहुत ही प्यारी दवाई है दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस लिवोग्रीट के वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं किया है जो गीव अवे है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको फ्री मिल सके केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव करना है स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे केवल चौबीस घंटे के लिए लगाना है मतलब एक दिन के लिए लगाना है बस ये कर लीजिए मैं आप में से कि नहीं एक व्यक्ति को ये लीवोग नॉर्मल वाली मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम